दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग का फेज लगातार इन लीग को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इस बीच सऊदी अरब की सरकार भी अपने यहाँ दुनिया की सबसे महंगी टी लीग सेटअप करना चाहती है इसके लिए उसने आई पी एल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ बातचीत भी की है आपको क्या लगता है कब तक सऊदी अरेबिया टी लीग शुरू कर सकता है जो कि वर्ल्ड में सबसे महंगी हो एक्चुअली सऊदी अरब सरकार खाड़ी एरिया में दुनिया की सबसे अमीर टी लीग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीसीसीआई के नियमों में बदलाव करना और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को अनुमति देने पर ये प्लानिंग कर सकते हैं